जब बीवी शोहर के अयजा व अकरबा की इज़्ज़त नहीं करती तो ख़ानदान के अंदर इख्तलाफ जन्म लेते हैं बिलखसूस मियाँ बीवी के अंदर तलखियाँ पैदा होती है, जो नतीजा तलाक तक पहुंचता है इसी तरह अगर शोहर बीवी के अयजा व अकरबा रिश्तेदारों की इज़्ज़त नहीं करता तो बीवी के दिल में आता है कि ये उनकी तक्रीम नहीं करता तो ये कोई मरदानगी के बरक्स नहीं है उनकी इज्जत कर जिन्होंने तुम्हें बेटी दी फरमाया कि जो अपनी बेटी या बहन का तुमसे से निकाह करे वो इस बात का ज़्यादा हक रखता है कि तुम उसका इतना एक बाप तुम्हारा वो है जिसने तुम्हें जन्म दिया एक तुम्हारे माँ बाप वो हैं जिन्होंने तुम्हें तालीम दी और एक तुम्हारे माँ बाप वह हैं जिन्होंने तुम्हें बेटी तो ससुरालियों की इज़्ज़त अमूमी तौर तो पे हमारे मशरकी माशरे के अंदर ये ख्याल किया जाता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है और अमूमी तौर तो पर दामाद ससुरालियों के घर जा करके अपने आप को एक मेहमानी खास के तौर तो पर रखता है और थोड़ी सी भी ख़दमत में कोताही हो जाए तो शोर क़्यामत वपा कर देता है कि मेरी वहाँ तक नहीं हुई वहाँ मेरी अगरचे उसकी बीवी अपने ससुराल के अंदर सौ दुख और तकलीफ़ें रोज सहती हो और वो देखता भी हो और वहाँ बेबस दिखाई देता है और अगर वहाँ गुरबत की वजह से या किसी वजह से वो थोड़ा सा भी नज़रअंदाज हो गया या उसको महसूस हुआ तो वो फिर शोर करता है और सारा गुस्सा बीवी पे निकालता है कि तेरे माँ बाप ने तेरे बहन मामी ने मेरी इज़्ज़त ने की मेरी तकरीम ने की तो ये इख्तलाफ का सबब और जरिया बनता है तो ये वाजे में रखिएगा कि दामाद के, के तौर पर उनको भी चाहिए कि इसकी इज्जत करे जो बेटी का शहर है वो बेटा ही है बेटों की तरह इसकी भी इज्जत की जाए अगर कोई नज़रअंदाज करता है तो वह बुरी बात है लेकिन उसका जाके वहाँ बहुत ज़्यादा ख़ास अपने आप को समझ लेना और इस वजह से कि चूँकि मैं फाइक हूँ इनकी बेटी मेरे घर में है लिहाजा मेरा इसतक बनता है कि ये मेरी जो है वो बेपना तक्रीम और मेहमान नवाजी करें तो ये बड़ापन नहीं है ये छोटापन है वो बेटा बन के रहे और जो मामूल के मामलत हैं उनकी ही तो रखे लेकिन इसके बावजूद भी दामाद की इज्जत का अमूमी तौर पर लोग ख्याल रखते हैं लेकिन ये इस बात को कभी ना भूलें कि ये भी मेरे माँ बाप की जगह पर है जिसने बेटी या बहन जो है वो तुम्हारे निकाह में दे दी वो इस बात का हक रखते हैं कि उनकी तजीम की जाए उनकी तकलीम